लो शांति आश्रम हेलो आओ आशीष आशीष ओय कृष्ण भगवान ने दीक्षा कौन मिल रहा है यार भोड़ा अलग ही है sing why are you singing when you you're sorry oh बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है देख वहां तक कहा निकला हुआ दिया हुआ है जिसमें कृष्ण भगवान ने कैसी कैसी रिक्षा ली है किस टाइप से क्या क्या, क्या किया है सब कुछ दिया हुआ है स्मार. थी अरविंद अल तो ये वीडियो तो अलग ही बन जाएगा पूरा एक मन कर कम से कम कितने मिनट का हो गया है ये छः मिनट का हो गया तो ये छः मिनट का बहुत ना उसकी और बाकायदा बना हुआ इसको एडिट करने की जरूरत ही नहीं है